नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोशाल मक्खी चैनल पे तो आप लोग कैसे हो हमें पता है आप लोग बहुत गुस्से में होंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही लेट आता है क्या किया जाए टाइम कम मिलता है इसलिए तो आज हम लैंडिंग कर लिए हैं आइस लैंड पर यहाँ पर केवल और केवल मार होता है आप देखते जाइएगा पूरा वीडियो पूरे वीडियो में आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप दूसरा वीडियो भी देखेंगे हमारे चैनल का देखते रहते देखो हमने एक छोटी सी लूट की है बिल्कुल छोटी एक आ गया है उसको मैंने डाउन कर दिया है इस मुगरे को पता नहीं था कि हमारे सामने कौन आने वाला है गोसाल मक्खी है ये जान पाता है कि गोसाल मक्खी आ गया तो ये मेरे सामने नहीं आता छुप भाग गया था आप देखते जाइए पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक मज़ा नहीं आएगा तो बताना और आखिरी तक आप देखोगे तो हमें उम्मीद है कि आप जो लाइक बटन है और जो सब्सक्राइब है उसको भी आप इतना ज़ोर से दबाएँगे कि टूट जाएगा इस गेम प्ले को बिनर पास वाले बंदे भी देखेंगे तो रह जाएंगे तो में इतना मज़ा और इतना मार होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा मार पड़ने वाली है तो देखिए हमारे बंदे को एक ने एकल दिया है और एक देखिए मैंने इसको भी बेल पाल के रामपाल बना दिया है भाई हाँ, इन सबको पता नहीं कि आइसलैंड में गौसाल मक्खी उतरा है इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें और ये इतना नंगा आया था इसको जबकि पता है कि इस समय कोरोना बढ़ रहा है सब लोग कपड़े पहने ये उल्टा इतना नंगा आ गया था तो मैंने मारने में ज़रा सी भी देर नहीं की इसको तुरंत ही मैंने पेल पाल के रामपाल बना दिया अब मैं अपने टीममेट से कह रहा हूँ कि अब उस पार चलिए सब लोग लेकिन हमारे टीममेट पता नहीं किस नशे में रहते हैं जो अभी तक वो आए नहीं हैं क्योंकि स्क्वाड का मामला है अकेले रस करना ठीक नहीं होता है लेकिन अब आ रहे हैं आप लोग पूरा गेम प्ले देखिए पूरा मज़ा नहीं आएगा तो बताना देखो मैंने होलो में लगा इतना डैमेज दे दिया है बड़ा इनको बहुत पक्का है इनमें से एक दो को नीचे उतार लेता मैं अब मैंने अपने टीममेट्स को बुला लिया है आ गए हैं वो लोग अब ऐसा करते हैं वहीं पर चले जाते हैं हम सीधा देखते हैं देखो इनकी गाड़ी है यहीं पर इनमें होनी चाहिए लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए हैं हमारे टीममेट भी आ गए हैं वो भी ढूंढ रहे हैं हैं नहीं कहीं चले गए हैं लगता है कि या तो पहाड़ी पर हों या फिर या फिर उनको पता चल गया है कि गौशाला मक्खी इसी साइड में है तो सब लोग कहीं छुप गए हैं अब भग गए हैं रेंज बिल्कुल ख़ाली हो गई है तो अब हम सोच रहे हैं कि रेंज से निकल लिया जाए कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर एनिमी बहुत सारे हों तो चलिए अब हम यहाँ से निकल लेते हैं रेंज से और जहाँ पर ज़्यादा एनिमी है वहाँ पर जाते हैं तो ये मैंने पैर वाली गाड़ी को मैंने पैर वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँ जहाँ पर इतनी बोझ है बोट है लेकिन क्योंकि अब रास्ते में पड़ा है तो इसका भी काम तमाम कर दिया जाए रास्ते से मैंने इस बोट को भी पेल पाल के रामपाल बना दिया है अब थोड़ा हमारी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं थोड़ा सही कर लेते हैं फिर जाकर इनको कायदे से पेलते हैं देखिए ये बंदा है बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था हम लोगों को पर देखेगा कितना ज़्यादा मार होने वाला है कितना ज़्यादा कोई हमें चार बंदे हैं है, है पूरा स्क्वाड हमें छू तक नहीं सकता गोसाल मक्खी को देखिएगा पूरा पूरा मज़ा नहीं आएगा तो बताना आप लोग इतना ज़बरदस्त गेम प्ले आपने शायद कभी देखा नहीं होगा जितना यहाँ पर होने वाला है आपके सामने बिल्कुल देखिए ये यहाँ पर एनमी है और मन मार्क किया है टिक मार्क किया है हमारे जो टीममेट मेट हैं वो भी अब उधर ही चौकन्ने हो गए हैं और इधर भी हैं देखिए मैं कोरे लगाए हूँ इनके इतनी बस की बात नहीं कि गौशाला मछी को नाक कर दें किसी को कि ये पूरे मैम में कोई भी नहीं है जो गौशाला मछी को नाक कर दे और देखिए अब हमें डैमेज दे रहें लेकिन मैंने एक को तो नाक कर दिया है लेकिन हमें कोई नाक नहीं कर सकता है चाहे जितना प्रो खिलाड़िया जाए लेकिन नाक कर दिया है पता नहीं कैसे हम, हम सोच रहे थे हमें कोई नहीं नाक कर सकता लेकिन नाक कर दिया है किसी ने अब रिवाइफ पा जाम फिर जो उनको कितना हम जबरदस्त मार देते हैं आप लोग जाइएगा नहीं पूरा वीडियो देखिए मज़ा नहीं आएगा तो फिर आप दोबारा वीडियो हमारा ना देखना हमें उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियो को देखने के आधा ही देख पाओगे तब भी आपका मन नहीं मानेगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे आप लोग बिना लाइक सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते हो इतना अच्छा गेम प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा पबजी लाइट में मिलेगा तो हैकर वाले गेम प्ले मिल ही जाएंगे जो पच्चीस पच्चीस तीतीस किल मार देते हैं लेकिन यहाँ पर जो भी किल हैं आप देख रहे हो बिल्कुल लीगल हैं कोई भी इसमें न बोट मारे हैं ज़्यादा ना तो हैक किए हैं बिल्कुल सौ परसेंट गेम प्ले है इसमें किसी प्रकार की चीटिंग भी नहीं है मैंने बम्बाजी शुरू कर दी बम्बाजी मैंने सीख सीख ली है पाकिस्तान से तो बम्बाजी भी मैं करने लगा हूं लेकिन ज़्यादा बम्बाजी का फ़ायदा हुआ नहीं अब मैं ड्राफ्ट को जरा लूट लेता हूँ इसमें मिल जाती है हमें ए आप कोई बंदा बच के दिखाए हमें पूरे मैप में यहां से मारेंगे एक कोने से दूसरे कोने तक कोई बंदा नहीं दिखेगा देखो खोपड़ी दिखा रहे थे इनका हेलमेट गायब हो चुका है तो आप भी अब हम सोचते हैं कि आप भी सब्सक्राइब बटन वाले को गायब कर दीजिए इतना ज़ोर से दबाइए तो इस पर देखो मैंने गो देख बंदे थे एक को मैंने पेल पाल दिया है और दूसरे को मैंने रामपाल पहले ही बना दिया था तो दोनों मिला करके पेड़ पाल के रामपाल बन चुके हैं लेकिन अभी भी फुटप्रिंट आ रहे हैं लगता है बंदा और भी है कहीं पर लेकिन नहीं यही था देखो एक धुएं में सिगरेट जला पी रहे धुआँ पी रहा था उसी में तो आपको ये रस कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर हमें जिससे हमें और भी अच्छा अच्छा गेम खेलने को मिले देखो ये छिप रहे हैं जानते हैं घोषाल मक्खी देख नहीं पाए लेकिन तो पता नहीं कि घोसाल मक्खी बहुत दूर से माय अब ए डब्ल्यू है पूरे में चाहे जहां हो बिना देखे मार देंगे किल हो जाओगे देखो ये अपनी गाँट दिखा रहा है लेकिन पता नहीं कि ए डब्ल्यू का साठ पड़ा कि पता नहीं कहां चला गया आवाज़ भी नहीं आई और मैंने अपने जो टीममेट्स हैं क्योंकि एक कैम्पर नागिन बना पड़ा है नागिन से मुझे बहुत डर लगता है पता नहीं कब काट लें तो हमने उनको बता दिया है कि यहाँ पर एक एनमी है हमारे टीम जो हैं उस नागिन को तुरंत सफ़ेरा बना देते हैं सफ़ेरा बनके बंगाली बन जाते हैं और नागिन को मार देते Enemy, हैं Enemy तो बस इस गेम प्ले में बंदा बचा है एक और हम लोग बचे हैं चार लगता है कि हम लोग को चिकन आज खाने को मिल जाएगा मेरे किल भी हो चुके हैं आठ और बंदा पता नहीं कहाँ है छिपा लगता है नागिन बना पड़ा है नागिन के नागिन से मैं नहीं लड़ पाता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है देखो हम गार्ड भाई जो एक बंगाली बाबा हैं वो बहुत साँप से जो नागिन बनी होती है उनसे ज़्यादा अच्छा लड़ लेते हैं देखो नागिन उसने मुझे नॉक कर दिया था लेकिन फिर